नमस्ते वेलकम बैक टू अव कैसे सब लोग सो so, आज की वीडियो में मैं आपको होम मेड शैम्पू दिखाने वाली हूँ किस तरीके से बनाती है बहुत सिंपल सा इन्ग्रीडियंट्स है और बहुत सिंपल सा शैम्पू है और उसके साथ साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि केमिकल फी यस ये शैम्पू में कोई केमिकल्स नहीं है 100% परसेंट केमिकल फी शैम्पू सो लेट स्टार्ट आवर वीडियो सो इग्रीडियंट्स फर्स्ट ये है कि हाइवी लीव्स लेनी है इस फूल के पत्ते हैं और उसके बाद हम ले रहे हैं आमला पाउडर घर पे भी बना सकते हो इजी से मैं आयुर्वेदिक स्टोर से लेकर आई हूँ और इसके बाद हम ले रहे हैं शिकाकाय पाउडर ये भी आयुर्वेदिक स्टोर में इजी से अवेलेबल है फ़ाइनल इन्ग्रीडियंट ये है कि सोपनट्स सो आप सबको पता है बिना सोपनट्स का शैम्पू बने ही नहीं सकता तो फाइनल इन्ग्रीडियंट है सोपनट्स नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर्स में भी अवेलेबल होते हैं आजकल तो बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है सोपनर्ट्स क्योंकि केमिकल फ्री शैम्पू है ना इसलिए सोपनर्ट्स को स्टोन और जो भी आपके पास अवेलेबल है इस तरीके से स्मैश करनी है जैसा बस थोड़ी सी स्मैश करनी है आपके हेयर पे सबसे आप ले सकते हो मेरे हेयर के हिसाब मैं बस टेन ट्वेल्व सोपनर्ट्स लेकर हूँ सोपनरस को सारे सोपनर्ट्स को इस तरीके से करनी है इस तरीके से करने से आपको फोम अच्छी तरीके से आएगा। सो so, सारे सोपनर्ट्स अच्छी तरीके से हो गए हैं तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि सारे इंग्रेडिएंट्स हमको बॉईल करनी है सो so, एक बाउल लेनी है उस बाउल में पानी डाल के उसमें हाइबिस्ट स् लीव्स डालनी है और उसके बाद सोपनर्ट्स डालनी है और इसके बाद आंवला पाउडर मैं ले रही हूँ टू टेबल ऑफ आमला पाउडर आप सबको पता है आमला पाउडर हेयर के लिए बहुत ही बूस्ट है जैसा कि आमला पाउडर आपको हेयर फॉल हो तो आमला पाउडर जस्ट कर्ड में मिक्स करके आप हेयर पैक जैसा डाल सकते हो सो इस तरीके से टू टेबल स्पून खाई पाउडर भी लेनी है सो so, सारे इंग्रेडिएंट्स को एक बार मिक्स करनी है मिक्स करके अच्छी तरीके से बॉईल करनी है जैसा कि आपके पानी का कलर चेंज हो जाए सारे इंग्रेडिएंट सॉफ़्ट हो जाए सो so, थोड़ी देर और बॉईल करनी है मिक्स करनी है बॉईल करनी है मिक्स करनी है जैसा कि फ़ाइव टू टेन मिनट्स और आप देख सकते हो मेरे सारे इन्ग्रीडियंट्स सॉफ्ट हो गए स्मूथ हो गए और जो भी पानी है कलर चेंज हो गया है सो फॉमी इट्स रेडी सो आपको चाहिए तो इसके बाद आप सब कुछ हाथ से मिक्स कर सकते हो ठंडे होने के बाद मिक्स करके इस तरीके से फ़िल्टर कर सकते हो फिल्टर करके यूज़ करनी है आपको फ़िल्टर नहीं करनी है तो उस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो मगर जो भी पार्टिकल्स होते हैं ना वो पार्टिकल्स आपके हेयर पे चिप चिप जाते हैं इसलिए फ़िल्टर तो ज़रूर करनी है तरीके से फिल्टर करनी है और उसके बाद इस शैम्पू इज़ रेडी सो so, आप देख सकते हो कि शैम्पू इज रेडी ठंडा होने के बाद आपको चाहिए तो स्टोर भी कर सकते हो फ्रिज में स्टोर करनी है मगर आ, जैसा कि वन वीक स्टोर कर सकते हो फ्रिज में सो सी माय नेचुरल होममेड शैम्पू इज़ रेडी नाउ इस, ना। इस शैम्पू में जो भी डट होता है ना आपके स्का पर कुछ अच्छी तरीके से रिमूव कर देगा कम्पेयर टू केमिकल शैम्पूस एंड दिस मैजिकल इन्ग्रीडियट इज़ कॉल्ड एज सोपनेट ए मैजिकल इन्ग्रीडियंट है और इस तरीके से रब करने से आप देख सकते हो फोम निकलाएगा इस फोम से ही आपके स्कैल्प पर जो भी डट होता है ना सब कुछ निकलाया जाएगा तो देखा ना बहुत ही सिंपल होम मेड रेडी हो गया है जो कोई भी केमिकल्स नहीं है सो so, नेचुरल से आप शैम्पू कर सकते हो देख सकते हो शैम्पू करने के टाइम पर आपको एक डिसएडवांटेज है इस शैम्पू से कि आपके आँख में देख सकते हो सोफ नट बहुत ही हार्ड हो जाएगा मगर इट्स गुड फॉर योर आई सो वाइल मेकिंग दिस वीडियो फ्लोर पर इस हेयर को मैंने देखा है और ड्राइवर शॉप मेरे हेयर इतने सफ़ेद कैसे हो गए हैं और हेयर है फॉल इतना हेयरफॉल कैसा हुआ है बट लेटर <laughs> ये तो डॉल की हेयर है और इस डॉल की हेयर फॉल इस वजह से हुआ है कि मेरे बेबी ने किया है दिस दिस दिस डिड दिस आई डोंट नो ये तो चला गया तो आफ्टर शैम्पू आप देख सकते हो मैं एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने वाली हूँ जैसे कि हाउ आई फेल आफ्टर यूजिंग दिस शैम्पू सो मेरा हेयर आफ्टर यूजिंग दिस जैसा फ़ील हो रहा है जैसा बाउंसी फील हो रहा है और बहुत ही थिक फील हो रहा है थिक टेक्सचर है मेरे हेयर में सो so मैंने कोई कंडीशनर यूज़ नहीं किया है और और कोई सीरम बस शैम्पू किया है और शैम्पू के बाद मेरे हेयर इस तरीके से फ़ील कर रहा है और उसके बाद इतना ही ड्राई नहीं है मगर जैसा मतलब आप चाहिए तो आप कंडीशनर यूज़ कर सकते हो सीरम यूज़ कर सकते हो मगर मैं ना बस एक्सपेरिमेंट करके हूँ कि, कि किस तरीके से फील होगा मेरे हेयर सो आई फील सो बाउंसी सो सॉफ्ट ऑल्सो एंड सो थिक थिक टेक्सचर तो so प्लीज़ ज़रूर ज़रूर ट्राई करना इस शैम्पू को क्योंकि केमिकल फ्री शैम्पू है बहुत ही नेचुरल शैम्पू है आई थिंक सो सो सो गुड आई होप इस बार से मैं शैम्पू यही यूज़ करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सा है और आपको चाहिए तो हाई बिस्कट्स लीवस आपके पास नहीं है तो हाई बिस्कस पाउडर भी यूज़ कर सकते हो जैसे कि uh, आमला पाउडर शिकाकाई पाउडर अवेलेबल है आयुर्वैदिक स्टोर में उस तरीके से ही इस हाई विस्क पाउडर भी अवेलेबल होता है तो आप देख सकते हो सो कमिंग टू द इन्ग्रीडियंट्स जो भी हम यूज़ कर रहे हैं इन्ग्रीडियंट्स आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा 100% हेयर फॉल को रोकेगा और सिंपल सा लॉजिक ये है, है कि आपके स्काव जब क्लेंस होगा तब आपके हेयर ग्रोथ ज़्यादा बढ़ेगा तो आई होप इस वीडियो बहुत ही यूज़फुल है तो प्लीज़ शेयर माय वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ सब्सक्राइब जरूर करना लाइक ज़रूर करना कमेंट ज़रूर करना यूज़ करने के बाद थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बाय बाय